<music> toh hai kuch, tu mere khabara kuch toh hai tu saans lena hai toh hai tu hum ro hok se kaise kaise